जा चुके हो मेरे कन्हैया कहा जा चुके मेरे कन्हैया यहाँ ला मेरी लूटी जा रही है कहाँ जा चुके शासन के हाथ तेरी द्रौपदी की तुशासन के हाथ तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी किसी जा रही कहा जा चुके हो मेरे कन्हैया कहा जा चुके मेरे कन्हैया यहां ला मेरी टुटी जा रही है कहा जा चुके द्रौपदी भगवान कृष्ण को कहती है आराधना करती है जब दुशासन साड़ी खींचने लगता है कहती है आम मेरी खेने तू नैया अब शाम मेरी खेने तू नहीं नैया तुमको बहना बुलाती है भैया तुम्हें को बहना बुलाती है भैया बुलाती है अगर तुम नया आये सभा में मुड़ारी अगर तुम नया सभा में मुड़ारी मुड़ारी तेरी साँ घटी जा रही है कहाँ जा चुके हो मेरे कन्हैया कहा जा चुके गुरु द्रोण बोलो पिता मह भी बोलो गुरु द्रोण बोलो पिता मह भी बोलो तुमसे तुम्हारी बहु पूछती है तुमसे तुम्हारी बहु पूछती है तुमसे तुम्हारी बहु पूछती है मुझे नग्न करवा रहे हो सभा में मुझे नग्न करवा रहे हो सभा में कहो अबे जुबान क्यों खिंची जा रही है कहाँ जा चुके कन्हैया कहा जा चुके मेरे कन्हैया यहाँ लाद मेरी रुकी जा रही है कहाँ जा चुके हों कभी मेरी सूरत न देखी जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी वो देखेंगे नंगा बदन आज मेरा वो देखेंगे नंगा बदन आज मेरा चुहे में पति ने हारी है बाजी जुए में पति हारी है बाजी महलों की रानी लूटी जा रही है कहाँ जा चुके हो तुम्हेरे कन्हैया कहा जा चुके हो तुम्हेरे कन्हैया यहां लाल मेरी टूटी जा रही है कहाँ जा चुके तुम्हे कन्ह अंत में द्रौपदी कहती है की है प्रभु खिंचत चीरे जब दूसन हारा समझूंगी तेरा एराय सारा खिंचत चिरा जब दूसासन हारा झोंगी भग मन में इशारा तुम्हारा सब झोंगी भग मन में इशारा तुम्हारा साड़ी के भरता तुम्हें हो साड़ी के भरता तुम्हें हो मुर इसी से ये साड़ी बड़ी जा रही है कहाँ जा चुके मेरे कन्हैया कहा जा चुके हो तुम्हेरे कन्हैया यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है कहाँ जा चुके हो मेरे कन्हैया कहाँ जा चुके मेरे कन्हैया कहाँ जा